तो दिस इज द पाथ ऑफ खीर गंगा आगे पीछे जनता रेडी हो रही है सारे सामान तो प्रपेर हो रहे हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं और गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस बड़ी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए क्या शानदार है मतलब इट्स माइंड वेट कर रहे हैं मेरा वहाँ पे गाड़ी रोकी थी उसने इतनी दूर देख रहे हैं हम वहाँ के दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं बाकी ये अच्छा नजारा है पीछे देखिए कितना शानदार है ये चॉकलेट्स लेने गया था अभी ना यहाँ से को ये स्निकर्स कैरी कर रहा हूँ मैं अपने साथ चॉकलेट्स हैं तो अगर आ, ट्रैक करते समय भूख लगी तो ये स्निकर ही बचाएगा और बाकी पैसा खाने पीने का कोई सामान तो नहीं बाकी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है काफ़ी अच्छे से मतलब आपको कैलोज की ज़रूरत पड़ेगी तो आप स्निकर्स और कुछ ऐसा हल्का फुल्का खाने के लिए ले लीजिए जिससे कि आपको परेशानी ना हो बाद में ट्रैक स्टार्ट करने में यार वो बाइस वेट कर रहे हैं मेरा ये ये मुझे डरा दे रही है गाय की बच्ची गाय की बच्ची है यार वो सही है अभी से भाई अपना भाई हाय ब्रो ब्रो, ब्रो। हाय ब्रो ब्रो तुमने जो तूने बोली ब्रो पड़ेंगे तो पड़ेंगे तो ये इसका डायलॉग है तो ब्रो कैसा लग रहा है आपको ट्रैक स्टार्ट हो गई है मतलब हाउ इज द जोस हाई सर्च वेरी हाई इट्स वेरी हाई तो अभी ट्रैक पॉइंट यासी कितना दूर है तो अभी यासी हम ट्रैक स्टार्ट ट्रेक कर रहे हैं हम बहुत थकेंगे ठीक और चार पांच घंटे लगेंगे चलो अच्छा सीरियसली गाइस बताओ व्यू कितना अच्छा है मैजिकल नाइस पार्वती वैली देखो तो व्यू देखो सर यह ट्रैक स्टार्ट होती है पार्वती रिवर पर बने एक डैम से यहाँ से इसके दो रास्ते जाते हैं पहला रास्ता लेफ्ट से जाता है जहाँ से नागथन विलेज से होते हुए आप रुद्रनाग वाटरफॉल पर पहुंचते हैं और सेकंड रास्ता जाता है जंगलों से होते हुए जो कि हमने चूज किया और हाँ एक पॉइंट पर आके दोनों रास्ते मिल जाते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप दोनों रास्ते को ट्राई करें एक्सप्लोर करें आपको बड़ा मजा आएगा बड़ ब, इतनी भी काफ़ी मतलब खतरनाक वाली ट्रैक नहीं है और आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आसानी से हो जाएगी अपने साथ कुछ खाने के लिए रखना और जितना हो सके उतना हल्का सामान कैरी करना अपने बैग में जितना सामान आप कम कैरी करेंगे उतनी आपको आसानी होगी ऊपर हाइट पे तो वहाँ पर भी हम दो तीन ब्रेक्स लेके जैसे अपने अकॉर्डिंग जो भी है अपने बॉडी के अकॉर्डिंग अगर आपकी वहाँ पर सांस चढ़ती है तो उसी हिसाब से वहाँ पर हम ब्रेक लेंगे मेरे साथ हैं तीन अपने पंटर्स पीछे और बाकी जनताए पीछे पेड़ों के पीछे देख रहे हैं वहाँ से ट्रैक स्टार्ट किया भी पता है नहीं आपको दिख रहा है या नहीं बट वो येल्लो वाला आप देख रहे होंगे ट्रक खड़ा है, वहीं से एग्जैक्टली ये ट्रैक स्टार्ट होती है और भाई साहब मैं बात करूँ अपनी तो अभी से ही साँस चढ़ने लगी है आगे क्या होगा, देखते हैं अभी ट्रिप का पहला कैफे ये है। ब्रेकिंग पॉइंट है ब्रेकिंग पॉइंट है और अभी यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुके हैं अभी से बाबा बाबा बा बोलो दस मिनट तो अभी हम दस मिनट ही चले हैं और लोगों की हालत कुछ ऐसी है और ये हमारा पहला ब्रेकिंग पॉइंट है ऐसे आपको रास्ते में काफ़ी मैगी पॉइंट्स मिल जाएंगे हमारे साथ की के ग्रुप के बन्दे हैं तो अभी ये आपको कैसा लग रहा है Excited. Excited? और मतलब हालत कैसी है हालत तो... <coughs> अभी ट्रैक को स्टार्ट हुए कितना टाइम लगा है? 15 minutes, 15 minutes. 15 minutes 15 a, है 15 15 15 मिनट मिनट मिनट में में बताओ दिस इज माय फर्स्ट फर्स्ट टाइम टाइम एंड मेरा एक्सपीरियंस तो थोड़ा आप खुश <laughs> बट जब देखा ट्रैक तो लगा कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है इसके लिए हाँ लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज हाँ। तो आपका फर्स्ट टाइम है जैसे पहले भी आपने किया नहीं मैं पहली बार, बार कर पहली बार कराया लेकिन होना चाहिए करना तो करना आपका नाम उत्कर्ष उत्कर्ष ओके ब्रो अभी तक का कैसा एक्सपीरियंस होगा गाइस तो अभी मैं बता रहा हूँ अभी 15 मिनट्स हुए हैं और 15 मिनट्स में ही ना बंदों की हालत ख़राब हो गई कुछ अभी फर्स्ट टाइमर से मैं आल्सो फर्स्ट टाइमर हूँ तो मैंने अभी पहले कभी करी नहीं ट्रैकिंग तो चलो करते हैं यार एक्सपीरियंस मिलेगा टांगे मजबूत होंगी और कुछ नहीं इससे बाकी यू नाइस तो तो तो तो तो तो a ah, ah, ah. So guys, ये हमारी ट्रेक का ब्रेक है तो अभी हम रुके हैं रेस्ट करने के लिए तो नितिन so awesome. awesome. आप बताइए कैसे हो था था बहुत यार फट अच्छा बहुत फट कोई बात नहीं थोड़ी सी तो फटती है सबकी आपकी अभी फट गई लेकिन ज्यादातर लोगों की हवा हो गई है आप कुछ बोलेंगे बताओ कैसा एक्सपीरियंस है No, no, बहुत पहले मजा नहीं आ रहा था अभी थोड़ा सही जो रास्ता है वो थोड़ा सा ईजी हो गया है चलो ठीक है लग रहा है की ट्रैक पूरी हो जाएगी बाकी अभी तक तो सही है पर जैसे स्टार्टिंग का पॉइंट वहां से स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करा था तो एकदम वो चढ़ के चढ़ाई थी तो वहां पे थोड़ी सी हवा टाइट हो गई थी कुछ ऐसे वाली यहाँ के रास्ते तो अभी ठीक है इस अभी मेरी थोड़ी सी सांस चढ़ गई है तो अभी मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ मेरे दोस्त भी पीछे रह गए हैं तो एक बात बताता हूँ आपको यहाँ से अभी दो किलोमीटर कंप्लीट कर लिया हमने और हम ना लोग चार चले थे आगरा से और यहाँ पर ट्वेंटी प्लस हो गए तो दिस इज़ अ बेनिफिट ऑफ ट्रैवलिंग तो अगर आप ट्रैवल करते हैं ना यू गेट टू नो पीपल मैं कहूँ तो अगर आप सोलो ट्रैवल हो तो ग्रुप ट्रिप इज़ गुड फॉर यू अगर आप सोलो ट्रैवलिंग पसंद करते हो तो अच्छी बात है सोलो ट्रैवलिंग मैं भी पसंद करता हूँ ग्रुप बेनिफिट में ये फ़ायदा कि आप आप दोस्त बना सकते हैं उसमें आप आप अकेले नहीं जाते आपके साथ और भी लोग होते हैं तो अगर आप सोलो हैं तो आपके आप लिए वो बेस्ट रहेगा तो अभी आपको छोटी सी डिटेल देता हूँ खीर गंगा ट्रैक तेरह किलोमीटर की है अभी हमने आ, एक घंटा चल लिए और लगभग लगभग दो तीन किलोमीटर कंप्लीट कर लिए होंगे तो अभी देखना ये है कि कितना टाइम लगेगा टाइम सो डेढ़ बज रहा है अभी जितना जल्दी कंप्लीट करेंगे उतना जल्दी ऊपर सनसेट देख लेंगे तो कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से इसको कंप्लीट करें रास्ते देख रहा है देख चलता, चलता ना दिया नहीं, नहीं, नहीं मुझे जरूरत नहीं।, नहीं कितना रास्ता है काट के बीच में से कितना मतलब क्या शानदार रास्ता है देखो भाई क्या है और ये गुफा के बीच से निकलते हुए अपना भाई ब्रो मतलब कितना जा रहा है वैसे तो रास्ता इतना टफ़ नहीं है पर जब आप अपना बैग में कपड़े खाना और अपने गयर्स कैरी करते हैं ना तो आसान से आसान रास्ता भी ना मुश्किल हो जाता है तो चलो ये तो रहा अभी का अपडेट देता हूँ मैं आपको तो हमने अभी लगभग आधी ट्रैक कवर कर लिया है दो बज गए हैं हमको वहाँ पर किसी भी हाल में चार बजे तक पहुंचना है तो मिडिल ऑफ द ट्रैक अभी हमको ये दोस्त मिल गया है ये साथ साथ चल रहा है ये लेला इधर अरे लेला वाइट वाइट व्हाइट वाइट कमो कम गाइस चल रहा है तो हमको लीड कर रहा है तू तो आगे चल दोस्त अपना अभी तक साथ में चल रहा है बीच में थोड़ा का हो गया था पर चल रहा है। तो अभी आ गए हैं, अभी आ गए वॉटरफॉल के पास प्राइस तो कितना शानदार नज़ारा यार इट्स रियली अमेजिंग आई क्रांड मतलब वर्थ में इसको मैं बयान ही कर सकता वो तुछ क्या शानदार हालत देख रहे हो मेरी मतलब अभी थोड़ा सा और थोड़ा और दूर रह गया है जितना अभी मैं वहाँ से तकरीबन एक मिनट पहले ही चला चलाऊँ और थक गया हूँ बहुत बड़ा काफ़ी जॉइंट्स पे काफ़ी फ़र्क़ पड़ रहा है तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो कुछ मुँह वग़ैरह आप ला सकते हैं क्योंकि पता नहीं आपके शरीर का आपके जॉइ्स कब बोल जाएंगे तो कुछ ऐसी थिंग्स कैरी करिए जिससे कि आप आपको कोई प्रॉब्लम भी होती है तो आप उसको मैनेज कर सकें हैंडल कर सकें उसको बाकी दोस्त पीछे रह गए मेरे उनका वेट कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेता हूँ और सही है सनसेट कवर करना था ऊपर पर सनसेट कवर हो नहीं पाएगा लगता है था सनसेट के बाद ही पहुँचेंगे प्लान तो यही था और वन आवर्स बजे स्टार्ट किया था छः बजे में अभी सिक्स सिक्स ओ क्लॉक छः बजे का टाइम है सनसेट तो नहीं हो पाएगा फिर भी कोशिश करूँगा सनसेट दिखाने की मैं आपको के कवर कर सकूँ यहाँ से शायद बता रहे हैं लोग 200 मीटर के आसपास हैं कोशिश करता हूँ जल्दी फास्ट करता हूँ अब वहीं पे ब्लॉग करूँगा लास्ट आपको दिखाऊँगा अब मैं कोई ब्लॉगिंग नहीं कर रहा यहाँ पर कोई कुछ शूट नहीं कर रहा हूँ तो लैट्सो फाइ वन टू एंड थ्री पेज है आपके सामने तो so फाइनली सात साढ़े सात घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद फाइनली पहुंच गए हैं। यह अपना डेस्टिनेशन खीरगंगा ऊपर जाना भी अपना कैंप ढूंढना है और एक बसड़ हो गई है मेरे साथ का दोस्त आया था अभिषेक उसका बैग रह गया नीचे तो वो उसको लेने गया है और तो बाकी अभी कैंप ढूंढता हूं वहाँ सावन वावन रखता हूँ फिर आपसे ठीक से बात करता हूं अब तो यार अंधेरा भी हो गया सनसेट मिस कर दिया हमने ये बहुत अफसोस वाली बात है गुणा। गुणा। اور اور ام جی